भंडिया रसूल जिंदाबाद ऐ बोलो वصف کا دامن علی اکبر شاہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے نعرہ ایک بی اللہ اکبر نعرہ رسالہ سیدی احمد شاہ جیلانی जिंदाबाद سیدی احمد شاہ جیلانی जिंदाबाद नعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ شاہ قبیلہ जिंदाबाद जाएंगे फागुटे अल्लाह और क्या तो और नवाजे के शहजादे सैदी अहमद शाह जीवानी के चेहरे मुबारकें और उनका चेहरा देख कर अपने दिलों दिमाग को भीतर और मतवर करें इसम का चेहरा देखें और अपनी आँख में संवारने का भी जरिया बनाए और में सिर्फ चंद मिनट के लिए हमारे और आपके सामने मुख्तर पाँच मिनट अपना मुख्तर सा खिताब करेंगे असल वरि व الحمد لله الحمد لله وصلى وسلام على نبيه المستضعف أما بعد الحمد لله من الشيطان يجِيء بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسول الله ونبيه ونبيه من أنزل على من شاء الدين وشأنه والحمد لله نروي لاسف إن الله هو ولاه كلا غيور سلمنا النبي يا أيها व मोला नमा मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू दब्लला सल्लल्लाहु तआला व सल्लम हजरत ए गरिमामई आइए हम सबसे पहले अपने आका व मोला हुजूर तहजीदारी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलात का हज़ियार लाजवाब पेश करें बड़े बावास बुलंदरु शरीफ वाह माशअल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किdna व मोला दोनों की, की नहमत के थे। के अलावा नहीं के थे आइए जो ऐसा है तकरीर से बाहर कलम की रोशनी ये रोशन हो सकती ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश थे रे ऐसे ऐसे सभी कयामत के दिन सभी को अपने जान की फिक्र हो करके नफ्षी नफ्षी। दोनों की होगी। होगी। हम फरमाएंगे, दोनों इसी तरह ले जब को तो है। है, मोहब्बत और का कि हमें हमें पर हर दम करते रहना चाहिए। के तो मेरी के तो मेरी मेरी सांसों सांसों में में इंतजार इंतजार हो, होकर सरकार है है एक बार ने शहर शहर शहर शहर की की की से पूछा तू कैसे लेकर भेजा मैं अपने छत ऐसी चमन चप जाती हूँ और फूलों का रस पूछती हूँ फूलों का रस पूछती हूँ तो सरवर कोनेल्ला रहना चाहिए हर लेकिन हम जो शायद की को तो कभी मार देंगे। इस शायद की से देंगे। इसी तरह के कि हमारी इस में भी हमारे करो तो भी तो कबूल हो जाएगी इसी तरह आला सरकार की सवारी उसने तकबूर किया और वो हुआ इसलिए तो उसने हर में फरिश्ते पैदा किया तो वो जली खबर हो गया इसलिए कभी तो नहीं हजरत इसी तरह वालों का क्या हाल होता है हजरतता कोले वसल्लम के खिलाफ में गए और उसने उसके खुदा में तेरा हजरत सलातो कोले वसल्लम आए तो उसने उनके सामने देखा तो हजरत सलातो कोले वसल्लम ने अपना मुंह फे लिया वो आदमी ने इशारा किया ए हुजरत सलातो कोले वसल्लम आपने मेरे से क्यों मुंह फेरा हजरत सलातो कोले वसल्लम ने शाह फरमाया मुंह नहीं मैं तुझे जानता भी नहीं तो वो आदमी इशारा करता है जो नहीं आप तो रहते हैं कि आप तो अपने से भी नहीं अस्सलाम मैंने आपको चंदा नहीं माना जरा ज़ोर से से जवाब दें सलाम आपको होना चाहिए हमारे और आपके हमारी के सामने बैठे ज़रा कला करता हूँ आप कितने खुश है मुझे पता चल जाएगा इस कलाम से और स्टेज रोनक और के समातों के हवाले करने जा रहा हूं सम दिल में जमाल गुम बस राम के दे दिल में जमाले गुम बस सुहा तो जाए जुआ और पहचान पहचान जब तो सुनि बाकी हो हुजूर शेर साहब खिलाफ तशरीफ आ रहे नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सालाना सलाम जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत तमाम हजरात बैठ जाएं तशरीफ ले दो बैठो बैठो मोहब्बत के साथ इस से समागम में के उन्हें तेरी बुलंदियों की नजर kithe hai jaan jab na sunni subhanallah <laughs> subhanallah kithe hai jaan jab na sunni राम समापरमाए पूरा मजमा जरा बचल के, के सुधार लगे कमेटी के जितने भी आजाद हैं इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि तो थोड़ा की आवाज़ तो मेरे पढ़ने में और जोश आएगा अब आइए मैं पे क्या दुआ पे क्या दुआ? The song. Behold oh, the <tries> king. है मां के शिकम में क्या है सरकार जानते हैं मां के शिकम में क्या है सरकार जानते हैं मैं ये सिर हमेशा पढ़ता हूँ कि अकबर के आस्था को से से क्यों क्यों ये ये बात बात कर कर रहा रहा दादा की अकबर आस्था को चुमो अरे बिगड़ी मेरी बनी है बिगड़ी मेरी, मेरी बनी है मेरी मेरी है है है, है अकबर के के के से अब एक जो है हमारी सामने सामने बैठे तो हैं तुम बड़े वाले हो कि ये बार बार के सामने आती है। तो लोग तो सिर्फ देखने को तरस गए लोग जो है ना इस चेहरे की इजाजत को तरस गए और हम और आप बार-बार चेहरे की वो स्टेज के ऊपर आ जाए ताकि इंसाथ नाला पहना कर स्वागत किया जाए ठीक है ना तो स्वागत इन शाह होगा बड़ी धूमधाम से कर, स्वागत होगा आप मुर्शदी व सनती महबूब के चाहने वाले हैं तो जरा तोहान अल्ला कहते हैं महमूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु बारगा में फरमाए और मैं ये भी जानना चाहता हूँ पढ़ना चाहता हूँ कौन है जो अपने मुर्शी से बड़ी मोहब्बत करते हैं ये मौलाना इसमाही कि दी रमाशदा जिलाए के साथ में मौल साहब आए आदेश से, से मैं इनकी तरफ से आप सभी शेर पहुंचाऊं सम्मान फरमा ले अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह के जनाब पीर आशिके साहे जवन है पीर महतबशाह है मह है पीर महतबशाह सर आशिके साहे गुलाब रसूल <laughs> समातों के से कर के दे पीछे वाले की तरफ कर दे गुलाम तो रसोल के पैसा और ये में शेर, मेरे मुझसे देख करी सैयदी हमेशा शेरने की बार बार लागू करना नंग शक्ति के विधे न सबस्ता सबस्ता रूपी रूपी है। वाले, आप खड़े हो जाएं और मेरे मुर्शी का इस तरह से इस्तेमाल करें जो आपकी हाँ दिलों के अंदर जो तो जज्बा और मोहब्बत दौड़ रही है पे पे है। ये है, लो की माला फूलों की और आपकी मोहब्बतों की माला इससे भी भारी होनी चाहिए माला पहना करी का स्वागत करवाए नारायण पे है, है, मुश्किल से होता आ जाए, माशा माशाला बहुत बढ़िया बहुत बात करना चाहता हूँ जिन्होंने सिर्फ 20 किलो की माला ही नहीं बल्कि इससे भी भारी मोहब्बत से स्वागत तो किया है कि अल्लाह हमारी इस मोहब्बत को अब मैं मास्टर साहब से कहता हूं कि जिसमें गोसुत्रा कॉन्फ्रेंस के अंदर दरकसलीफ लाए तमाम